करने की रेडी गोलगप्पे की देखते चलिए अभी चलते हैं घूम के आया ये हम गोलगप्पे खाने हैं हाँ रोशन देखिए भाई हमारे नाम का गोलगप्पा है अंकित के नाम से आजा कि हमारे भाई सारे लोग हमारी स्कूटी खड़ी है बहुत मस्त है भाई नाइस गोलगप्पे सॉरी रही बल्ले अभी रोस गोलगप्पे खाएगा देखते जाइए गोलगप्पे देखिए ने रोशन खाए गोलगप्पे ये हमारे हमारी पापड़ी